भोपाल में एक नाबालिग नेशनल प्लेयर के अपहरण का मामला सामने आया है मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और टीम बनाकर अपहरणकर्ता की तलाश में जुट गई है नेशनल प्लेयर खेलने वाली और खेलो इंडिया में भी चयनित हो चुकी एक नाबालिग प्लेयर के अपहरण का मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है जिसके बाद पुलिस अपहरणकर्ता की तलाश में जुट गई है बच्ची के पिता की माने तो उनकी बेटी छ से सात बार स्टेट खेल चुकी है तीन बार नेशनल खेल चुकी है और खेलो इंडिया में भी उसका चयन हुआ है हाल ही में उसने एक मेडल भी जीता था 9 नवंबर को उनकी बेटी स्टेडियम से लौटी थी लेकिन रात के 11 तक घर नहीं पहुंची जब इस मामले में उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पता चला कि बेटी का अपहरण हो गया और किसी ने हरियाणा की एसयूवी कार से बेटी का अपहरण कर लिया है मेरी बेटी चार साल से रेसलिंग खेल रही है छः सात स्टेट खेल चुकी है तीन नेशनल है उसके और एक बार मेडल भी लिया है उसने अभी खेलो इंडिया में नाम है उसका जनवरी फरवरी में उसका टूर्नामेंट है मेरी बेटी 9 तारीख को खेलने के लिए गई थी ग्यारह बजे तक घर नहीं आई तो हम घबराए हुए थाने पहुंचे और थाने में से हमें ज्ञात हुआ पुलिस ने अपने स्तर पर मालूम पड़ा और सचिन अतुलकर जी ने के प्रयासों से हमें ये मालूम पड़ा कि बच्ची का आपका अपहरण हुआ है और कोई वाइट कलर की ए गाड़ी के अंदर उसको लेकर के गए कहाँ गए ये जानकारी भी नहीं है मेरी बच्ची नहा लेकर जल्दी जी पुलिस में शिकायत की है पूरा स्टाफ इस इसमें प्रयासरत है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है एसपी नागेंद्र पटेरिया का कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को ट्रेस किया गया है आरोपी की तलाश जारी है पंद्रह वर्ष दस एक नयुक्ति है ये चार रोज पहले अपने घर ऐसी अचानक कहकर चली गयी तो वो टीटी नगर स्टेडियम जा रही है परंतु स्टेडियम नहीं पहुँचे इस संबंध में हमने धारा तीन आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और बच्ची की खोज में पुलिस टीम गई हुई है बाद में पीटी तो नगर स्टेडियम के समक्ष में भी कार में बैठती हुए लिखा गया था इसमें हमारी पुलिस टीम वर्तमान में दिल्ली में है और हम जल्दी उसे दस्तियाब करें वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले